दोस्तों ईश्वर अल्लाह या गॉड सबके घर जाकर उसकी देखभाल नहीं कर सकता तो उसने माँ को बनाया और हर घर में भेज दिया एक छोटा सा शब्द है मां जिसमें सिर्फ एक वर्ण है और मात्र दो मात्राएं हैं परंतु इसके मायने बहुत बड़े हैं इतने बड़े कि पूरी दुनिया कायनात इसमें समा जाए इसके आगे छोटी पड़ जाती है जी हाँ मैं उसी माँ की बात कर रहा हूं जिसने हम सब की रचना की और आज इस महान शब्द माँ पर अपनी रचना सुनाने आ रहे हैं देश के कुछ जाने माने कवि और साथ में हमारे कुछ नबोदित रचनाकार भी हैं हमने दोनों को मिक्सअप किया है जाने माने कवि और नबोदित रचनाकार दोनों मिलजुल कर यहाँ पर अपना काब्य बाट करेंगे दोस्तों मैं विनय कुमार बुद्ध आज मातृ दिवस मदर्स डे पर एक ऑनलाइन कवि सम्मेलन की आगाज करने जा रहा हूं जिसका नाम है एक शाम मां के नाम तो मैं आज के क्रम में जो आज के कवि हैं उन सब का तारुफ आपसे करवा दूं। आज के कवि हमारे हैं डॉक्टर महेश मुनका मुदित जी विवा श्रीवास्तव जी अभी कुछ ही देर में वो हमसे हमारे साथ जुड़ेगी जो अभी जुड़े हुए हैं वो वो वो भी हैं और कुछ लोग वो जुड़ रहे हैं दूसरे हैं डॉक्टर मंजू गुप्ता जी वो आ चुकी हैं अलका जैन अलका जैन आनंदी जी हैं अभी आई नहीं है अभी वो वो कुछ देर में मंच पर मंच पर आ जाएगी वंदना पुनताम्बेकर जी है नीलम नारंगी जी हमारे साथ हैं रुचिका राय जी हमारे साथ हैं साधना भगत जी हमारे साथ हैं बजरंगी यादव वो भी कुछ देर में ही जुड़ रहा है जब जस्ट मुझे फोन किया था उसने सोनू सुफियान हमारे साथ है प्रफुल गुप्ता जी हमारे साथ है मनोज कुमार मनु जी अभी अभी जुड़ रहे हैं उनका उनके इधर का नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम रहता है तो इतने सारे कविगण हमारे साथ हैं तो मैं शुरू करता हूँ सबसे पहले मैं मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर मंजू गुप्ता जी नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद विनय कुमार जी आपने मुझे आमंत्रित किया और इस खूबसूरत मंच पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया मैं आभारी हूं आपकी जैसे कि आपने कहा कि माँ एक छोटा सा शब्द है जिसमें सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है इसी बात को का समर्थन करते हुए मैं अपनी दो लाइनें पहले बोलूंगी कि धरती धरती जैसी धीरता धरती जैसी धीरता अंबर सा विस्तार रोम रोम में जीव के रमता मां का प्यार रमता मां का प्यार माँ नैनों की ज्योति है उससे ही संसार माँ से ही जीवन मिला मां सृष्टि का सार मां सृष्टि का सार माँ के चरणों में नमन करते हुए आप सभी को मेरा प्रणाम जो भी अतिथिगण है उनको भी प्रणाम दर्शकों को भी प्रणाम आप सभी का वंदन अभिनंदन माँ के लिए यू तो बहुत कुछ कहा जा सकता है और कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि सब कुछ माँ है किंतु फिर भी मैंने कुछ शब्द माँ के चरणों में अर्पण करने के लिए एक माला बनाई है जिसे मैं आप सब लोगों के सम्म प्रस्तुत कर रही हूँ तो प्रारंभ करती हूँ सुनिएगा शब्द ये मेरे तेरे चरणों में है माता अर्पित शब्द ये मेरे तेरे चरणों में है माता ये भावों के सुगंधित फूल अर्पित हैं तुझे माता वा, वा, वा, वा, ये भावों के सुगंधित फूल अर्पित है तुझे माता मेरे जीवन में जो भी है वो तेरे प्यार से ही है मैं बेटी हूँ तेरी मैं बेटी हूँ तेरी है जन्म का तुझसे मेरा नाता मैं बेटी हूँ तेरी गर। है जन्म का तुझसे मेरा नाता तुम्हारी याद तो मैया मुझे पल पल रुलाएगी कभी लगता है ये मुझको अभी फिर से बुलाएगी तेरी कोमल हथेली आज भी महसूस करती हूँ घड़ी भर सोच लेती हूँ तू आकर फिर दुला रहेगी घड़ी भर सोच लेती हूँ तू आकर फिर दुला रहेगी तेरे दो नैन भोले से छवि जिन में हमारी है की आंखों में हमेशा बच्चों की छवि रहती है जी, उसी जी, जी, जी, जी, जी, जी, तेरे दो नैन भोले से छवि जिन में हमारी है तेरे वो बोल मिश्री से बसी तक दीर सारी है मेरे सर पर दुआओं का धरा जो हाथ ये तेरा उसी ने आज मेरी प्यार से किस्मत संवारी है उसी ने आज मेरी प्यार से किस्मत है अगला मुद्दक है तेरी तस्वीर से भी माँ सदा ममता बरसती है माँ की आंखों में ममता ममता और तेरी जी, जी, तस्वीर ओ, ओ, से ही माँ सदा ममता बरसती है कहाँ छुपकर तुझा बैठी मेरी अखियाँ तरसती है कहा छुप कर तुझा बैठी मेरी अखियाँ तरसती है तू जब तक साथ थी हिम्मत मेरे दिन गुजरते थे तू जब तक साथ थी हिम्मत थे बिना माँ के कभी बोलो कोई गृहस्थी है वा, बिना के कभी बोलो कोई गृहस्थी संवरती है बहुत कितना ही यही है मेरे भाव अपनी माँ के लिए अपनी माता श्री के लिए और विश्व सभी माताओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बढ़िया बहुत सुंदर बहुत, बहुत, बहुत सुंदर कविता पाठ सबों ने सराहा है अभी जो फेसबुक पर हमें लाइव देख रहे हैं उन सब की बहुत सहना मिली है बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं आ, बहुत अच्छा शुक्रिया मैडम आपने दन्य। मेरे, मेरे कार्यक्रम की जान रखती है आप माँ हैं और माँ की इतनी बड़ी प्रशंसा और बहुत अच्छा शुरुआत किया आपने बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद आपको मैडम दोस्तों कहते हैं कि प्रसव के वक्त सैकड़ों हड्डियों के टूटने जैसी दर्द होती है मां उस दर्द को सहकर हमें जन्म देती है परंतु उनका एक सारा दर्द बच्चों के एक रोने की आवाज से खत्म हो जाती है मिट जाती है और ऐसा पहली बार होता है जब हम रोते हैं और मां खुश होती है जिंदगी में पहली बार होता है इसके बाद जब हम रोते हैं जब हम तकलीफ में होते हैं जब दर्द में होते हैं तो हमसे ज्यादा दर्द उसे होता है माँ को होता है मार होती है एक बार मैं एक बच्चे को देखा था साइकिल से गिर गया उसकी माँ उसे बोरो प्लस लगा रही थी तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था तो दर्द किसे ज्यादा हो रहा है बच्चे को या उसकी माँ तो माँ ऐसे ही होती है मशहूर शायर मुनव्वर राना की एक शेर के साथ हम अगले कवि विनोद कुमार हसौरा जी को बुलाएंगे जो कि दरभंगा बिहार से आते हैं और बहुत अच्छे रचनाकार है और अपनी रचना से विभिन्न पटल में विभिन्न साहित्यिक पटल में अपनी छाप छोड़ते हैं और देश के जाने माने जो अखबार हैं उनमें उनमें उन, उनकी रचना छपती है और जो बड़े बड़े कभी सम्मेलन में उन्होंने शिरकत किया है तो मैं इस मुनावर राना के एक शेर के साथ उन्हें आगाज़ करूंगा बुलाऊंगा आप तैयार रहे सर तो लीजिए शेर शेर है इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है इस तरह वो मेरे गुनाहों को धो देती है माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है आदरणीय आपका मैं स्वागत करता हूं और मैं अब जब बुलाने जा रहा हूं विनोद कुमार हसौरा जी को सर आइए और अपनी रचना से माँ को एक श्रद्धांजलि दीजिए माँ विनोद कुमार हसौरा जी आप लाइव है सर माँ बिना पानी को नमन मंच पर उपस्थित सभी साहित्य साधकों साधिकाओं को नमन बहुत सुंदर संचालन हो रहा है इसलिए भाई साहब बुद्ध जी को भी बहुत बहुत नमन प्रस्तुत है मेरी रचना सुनिएगा करे माँ की सदा सेवा किसी को पूजना फिर क्या घरे सेवा सही को बाँगा पूजना फिर क्या चरण में मां के जन्नत गये जहा में ढूंढना फिर क्या में माँ की जन्नत है जहाँ में ढूंढना फिर क्या करे माँ की सदा सेवा चिन्ह को पूजना फिर क्या लुटाती प्यार की दौलत रखी ममता की वो चल लुटाती प्यार की दौलत रखी ममता की वो आ चल सही कितने गमों को गमों को भूलना फिर क्या गमो को माँ गमो को भूलना फिर क्या करे माँ की सदा सेवा किसी को पूजना फिर क्या चरण में माँ की जन्नत है जहा में ढूंढना फिर क्या चरण में की जन्नत है जहा में ढूंढना फिर क्या रहे भी मार जब भी हम न सोती चैन से पल भर रहे नसोती सोती से पल भर बिताती जाग कर राते किसी से पूछना फिर क्या बिताती जाग कर राते किसी से पूछना फिर क्या करे माँ की सदा सेवा किन्हीं को पूजना फिर क्या चरण में माँ की जन्नत है जहाँ में ढूंढना फिर क्या हमारी हर जरूरत को सदा पूरा किया हर मतलब फिर है क्या आ, इंटरनेट प्रॉब्लम है लॉकडाउन नेटवर्क ने, नेटवर्क प्रॉब्लम है कर रहा रहा है है अटक अटक अटक गई गई आवाज आवाज बहुत बहुत ही कुछ अच्छा चल था कोई बात नहीं हम उन्हें फिर से उनको बुलाएंगे अभी आ, मैं देखता शायद तो कनेक्शन हो सकता दोबारा हाँ कोई बात नहीं तो तो दोस्तों अभी आप सुन रहे थे विनोद कुमार हसौराजी उनका नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है बरसात का Uh, सर आपकी आप ठीक है हमारा हर, जरूर, हमारी हर जरूरत को सदा पूरा किया माने हमारी हर जरूरत को सदा पूरा क्या माने खजाना माँ का दिल जब है किसी से मांगना फिर क्या खजाना माँ का, का जब दिल है किसी से मांगना फिर क्या करे माँ की सदा सेवा किसी से पूरी को पूजना फिर क्या चरण में मां की जन्नत है जहा में ढूंढना फिर क्या हसारा याद कर लेना जहा से जब उन्नीता हो ससारा याद कर लेना जहा से जब जहां में जब हो दुआ मां तो सदा देती खुदा को खोजना न क्या दुआ मां तो सदा देती खुदा को खोजना जना पीर क्या करे माँ की सदा सेवा किसी को पूजना कोण मां की जन्नत है जब क्यों क्या बहुत बहुत आभार आप लोगों का सुनने uh, के लिए बहुत बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर इतनी अच्छी रचना बीच में थोड़ा नेट डिस्टर्ब हुआ लेकिन बहुत अच्छी रचना थी और अभी हमारे साथ कुछ लोग और ज्वाइन होने के लिए लाइन में थे लेकिन दस लोग से ज्यादा नहीं ले सकते उनको बजरंगी भी आ गया है देखे देखे देखे एक्चुअली प्रफुल गुप्ता को मैंने थोड़ा देर के लिए बाहर किया हूँ तो बजरंगी आ गया है और हमारे साथ जो अलका जैन भी जैन जी भी जुड़ गई हैं वो वो भी शायद वेटिंग में थी नमस्कार वो आप वेटिंग में थी एक्चुअली हमारा स्टूडियो फुल हो चुका था तो मैंने अपना एक जो प्रिय है प्रफुल गुप्ता जी उनको बोला थोड़ा देर के लिए बाहर जाइए आएगी मैडम तो बजरंगी भी अभी आ, आ, आ, अभी आ चुके हैं और उनको भी कर रहा हूँ छह से ज्यादा लोग को नहीं कर सकता महेश मुनका जी भी हुआ, जी भी जुड़ गए हैं तो मैं सोनू से रिक्वेस्ट करूंगा सोनू सुफियाना सोनू सुफियाना थोड़ा देर के लिए आप आप चले जाइए तो मेरे साथ और भी लोग जुड़ रहे हैं। आप बाद में सोनू जी सोनू बाबू सोनू बाबू थोड़ा देर के लिए आप लॉग आउट हो जाइए और कोई है आप सुन रहे मेरी आवाज सोनू सोनू थोड़ा हाँ अच्छा महेश मुनका सर आर... महेश मुनका सर जुड़ गए हमारे साथ सर uh, आपका स्वागत है सर आपका स्वागत है और मैं इधर से कुछ लोगों को थोड़ा ये कर रहा हूँ जैसे आपको मैडम को मैं बैक टू स्टेज भेज रहा मंजूलता मैडम को मैं बैक टू स्टेज कर रहा हूँ तो एक मिनट थोड़ा क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा लोग हो रहे हैं मैं मैं इनको लाना चाहता हूँ महेश मुनका जी को डॉक्टर महेश मुनका जी आपका स्वागत है सर धन्यवाद धन्यवाद जी हाँ आप आप नहीं जुड़ पा रहे थे इसलिए है। जी, जी, आप नहीं जुड़ पा रहे थे कोई बात नहीं ठीक है ठीक है सर तो मैं आपको भी बुलाऊंगा थोड़ा आप वेट कर लीजिए तब तक मैं और कि नहीं को बुला लेता हूँ जरूर जी तो सब तो स्ट्रीम है स्ट्रीम ऑन द स्टीम एंड रुचिका राय रुचिका राय जी को हम बुलाएंगे इसके बाद रुचिका राय हमारे साथ है स्ट्रीम में है तो कहते हैं बहुत अच्छी जैसे कभी सम्मेलन जयसे अल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है कभी सम्मेलन सभी लोग फेसबुक पर देख भी रहे हैं उसे लाइव भी किया गया है कहते हैं माँ का दिल का कोई मुकाबला नहीं कर सकता उसके बेमोल प्यार की कीमत को चुकाना किसी के बस की बात नहीं है आपने एक कहानी सुनी होगी आज से 40 वर्ष पहले मेरे पिताजी सुनाया करते थे कहानी माँ का दिल आपने भी सुनी होगी मैं उसका थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूँ एक आदमी कोठे पर जाया करता था और उस कोठे वाली से उसको प्यार हो गया तो उसने प्रस्ताव रखा कि तुम मुझसे शादी कर लो तो उसने कहा कि अगर तुम शादी करना चाहते हो हम मुझसे तो अपनी माँ का दिल लेके आ जाओ मैं शादी कर तुमसे वो उस दिन गया चाकू छुरा लेके पहले से गया और अपनी माँ जब माँ बैठी हुई थी तो माँ ने पूछा बेटा कुछ खाया नहीं तुम बहुत देर हो गया देखिए कहता है कमा करके जब लोग घर पहुंचता है तो सब लोग पूछते हैं कि कितना कमा के लाया है परिवार घर के जितने सदस्य होते हैं जो जितने संबंध होते हैं, कितना कमा के लाया है लेकिन माँ ही पूछती है बेटा कुछ खाया कि नहीं खाया तो माँ पूछती है बेटा कुछ खाया कि नहीं बहुत देर हो गया उसने कुछ जवाब नहीं दिया और तावर अटैक तो करके माँ का दिल निकाल के लेके लेके चल दिया हर में जब जा रहा था तो कहीं एक पत्थर की टोकर से वो उसका पैर टकरा गया और वो नीचे गिर गया जब नीचे गिर गया तो माँ के दिल से आवाज आती है बेटा कहीं चोट तो नहीं लगी, तो माँ ऐसी होती है कि जो बच्चे के बच्चा कितना भी खराब करे कितना भी बुरा करे लेकिन वो हमेशा उसका उससे प्यार करती है और बहुत प्यार करती है और उससे हमेशा दुआ ही देती है इसलिए कहते हैं माँ को कोई नाराज ना करना माँ को कोई दुखी ना देना तो मैं अब बुलाना चाहूंगा रुचिका राय जी जो हम जो दरभंगा बिहार से की रहने वाली है रुचिका राय जी मैं इन्हें मैं बिहार और सॉरी बिहार से हैं आ, मैं उन्हें बुलाना चाह रहा हूँ और उनको सोलो का जो मोड है उनको भी कर रहा हूँ तो मैडम आपका स्वागत है मैं एक शेर से शुरुआत करता हूँ रब से करूँ दुआ बार बार रब से करू दुआ बार बार हर जन्म तेरा हुई हो इतवार से करू, दुआ बार बार हर जन्म मिले मुझे का प्यार खुदा कबूल करे मेरी मन्नत फिर से देना मुझे माँ के आंचल की जन्नत तो स्वागत है आपका रुचिका राय जी सिवान बिहार से बहुत अच्छा लिखती है प्राय सभी मंचों पर दिखती है और पेशे से शिक्षिका है स्वागत है आपका सबसे पहले विनय कुमार बुद्ध जी आपका बहुत बहुत आज... धन्यवाद कि आपने मुझ जैसे नवोदित कलाकार को इस पटल से जोड़ा और मुझे कहने का मौका मिला यहाँ पर आप लोगों के सामने उसके बाद से सभी साहित्यकारों साहित्य मनीषियों को मेरा धन मेरा नमस्कार कि आप लोगों के आ, आप लोगों के बीच मुझे आने का मौका मिला है और उस पटल से जुड़े हुए सभी लोग जो मुझे सुन रहे हैं उन सभी को मेरा प्रणाम है माँ पर लिखने के लिए क्या लिखें माँ के माँ के लिए कोई शब्द नहीं है आज जो मैं खड़ी हूं तो अपनी माँ के बदौलत ही हूं तो मैं थोड़ी सी एक लाइन बताना चाहूंगी कि मैं कुछ बीमारी से परेशान हूँ और मैं घर का काम भी नहीं कर पाती हूँ लेकिन वो मेरे माँ का ही मेहनत है कि मैं आज नौकरी पर हूँ शिक्षिका हूँ तो इसलिए माँ के लिए मेरे मेरा कलम काफी नहीं है लिखने के लिए फिर ही मैंने जो जी। लिखा है मैं लिख रही मैं बोलना चाहती हूँ माँ सहनशक्ति की, मा, सहन की अनुपम मिसाल है उसका हर रूप बच्चों हेतु बेमिसाल है माँ सहनशक्ति की अनुपम मिसाल है उसका हर रूप बच्चों हेतु बेमिसाल है वह सृजन करता है, रक्षक है बच्चों पर आ जाए तो बंती भक्षक है यहाँ भक्षक से तात्पर काली दुर्गा के रूप से है वह अन्नपूर्णा है घर की संचालिका है वह अन्नपूर्णा है घर की संचालिका है वह जन वह जो न हो घर में तो घर का नहीं कोई मालिक है वह हिम्मत है वह ताकत है वह शक्ति का रूप है इस धरती पर वह देवी का स्वरूप है वह वह दयाशील और बमतामयी है बच्चों के लिए वह आनंदमयी है नारी के हर रूप में वह सर्वश्रेष्ठ है नारी माँ के रूप मा, मगर माँ के रूप में वह विशेष है नारी के हर रूप में वह सर्वश्रेष्ठ है मगर माँ के रूप में वह विशेष है वह बच्चों की प्रथम गुरु वह बच्चों की प्रथम गुरु उसकी सखा है वह उनकी सुविधा के लिए बनती प्रचारिका है उसके हाथों में बला का जादू है उसके हाथों में बला का जादू है जो खिलाती अपने हाथों से अमृत सस्वाद है वाकई माँ सृष्टि की अनुपम कृति है वाकई माँ सृष्टि की अनुक्रम अनुपम कृति है बच्चों के, लिए, के सलामती के लिए निभाती व हरिति माँ है तो मुझमे हिम्मत है माँ है तो मुझमें हिम्मत है उनके सिखाए रास्ते पर चलने की सबको जरूरत है माँ है तो अपने अंदर आत्मविश्वास है वरना जमाने से कहा कोई आस है माँ पूजा है माँ प्रार्थना है Enfin, माँ दुआ है माँ आराधना है माँ मेरे अच्छे कर्मों का प्रसाद है माँ इस, मा मा इस जगत में सबसे खास है माँ मेरे अच्छे कर्मों का प्रसाद है माँ इस जगत में सबसे खास है धन्यवाद बहुत सुंदर धन्यवाद बहुत सुंदर धन्यवाद सुंदर अब अब कहते हैं तन्हाई क्या होती उस माँ से पूछो जिसका बेटा घर लौट कर नहीं आया मां ही होती है जो कि अपने बच्चों को बेसब्री से इंतजार करती है दरवाजे पर खड़ी खड़ी उस माँ के लिए उस माँ के को कोई दर्द हो तो उससे बड़ा गुनागार कोई बेटा नहीं होता है जो अपनी माँ को दर्द देता है तो मैं आज अब जो अगला जो हमारी प्रतिभा के कवि कवित्री है वो है अलका जैन आनंदी जी मुंबई से मैं उन्हें, उन्हें स्टेज पर बुला रहा हूँ मैं उन्हें मौका दे रहा हूँ आप आए मैडम और अपनी बात रखें, अपनी कविता का पाठ करें मैडम, नमस्कार, इस सभी जनों को मेरा प्यार नमस्कार और मुझे मौका देने के लिए धन्यवाद आज का विषय है माँ उसी पर मेरे कुछ मुक्त रात रात भर जागती कैसी ममता डो लोरी कुछ झूमती होती दूर थकान जिस पल दिखती वो नहीं हिय में होता सो मेरे ही में तो भरे माने रंग हजार लगा पंख समय उड़ चला कितना प्यार जा बैठ लोक में ये ही जीवन री देती थी गलती सजा अलका कहती सार अलका कहती सार पल चिन्ह आती याद है माता की हर बात जीवन में जो ढाल ले मिले खुशी सोगात काला का कान पर आता तेरा याद बैठी थी वो रात भर कैसी थी वो रात बैठी थी वो रात भर कैसी थी वो रात मैं तो माँ को पूछती मां से मेरी शान भांति उसकी सादगी वो तो बड़ी महान वो तो बड़ी महान शीस हाथ पर मादरी हाथ शीस पर मादरी कैसा हो एहसास लगता माय का उससे थी पहचान आप हर पल काम है सीख बड़ी अनमोल बात बांध लो गाटिए बोलो हर पल तोल कटु वचन मत बोलना बात बने गंभीर करे दुआए रात दिन मीठे बोलो बोल बार, बार, करे दुआए रात दिन मीठे बोलो बोल नमस्कार बहुत सुंदर बहुत, अच्छा, बहुत सुंदर बहुत, अच्छा, बहुत, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत सुंदर बहुत अच्छा कहाँ पे पाठ किया आपने मैडम बहुत अच्छा आगे। आगे। अब मैं जो आगे। आगे। आगे। आगे। जी जी धन्यवाद धन्यवाद जी बहुत अच्छा आपने किया अब मैं नीलम नारंग जी को बुलाऊंगा तो उससे पहले उनको बुलाऊं चंद बात में कहना चाह रहा हूं बिन कहे आंखों के सब पढ़ लेती है बिन कहे आंखों में सब पढ़ लेती है बिन कहे जो गलती माफ कर देती है वो माँ है बर्तन मांग कर माँ चार बेटों को पाल लेती है बर्तन मांझ मां चार बेटों को पाल लेती है लेकिन चार बेटों से मां को दो वक्त की रोटी नहीं दी जाती है ये हमारे समाज का समाज का बहुत बड़ा विडंगना है कि हम लोगों से माँ लगती है मैं इन शब्दों के साथ में आवाज दे रहा हूँ नीलम नारंग जी को जो कि हरियाणा हिसार से है हरियाणा हिसार से नीलम आपका स्वागत है मैडम नमस्कार नमस्कार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। दोस्तों, मैं दोस्तों नीलम नारंग हिसार हरियाणा से से हूं आप सब लोगों से लाइव जुड़कर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है और विनय जी का आभार प्रकट करती हूं जिन्होंने मुझे मंचासीन प्रबुद्ध लोगों से जोड़ा और मात्र दिवस के पावन अवसर पर काव्य पाठ करने का अवसर प्रदान किया मैं सब दर्शकों का भी अभिवादन करती हूँ मुझे लिखने के लिए प्रेरित करने वाली मेरी माँ ही है और ये उन्हीं का ही सपना था कि मैं लिखूं क्योंकि मैं जब भी परेशान होती थी वो मुझे कहती थी कि जो भी बात तेरे मन में है लिखती जा बहुत सारी समस्याएं तो लिखने से ही हल हो जाएंगी तो उन्होंने ही मुझे प्रेरित किया लिखने के लिए और इसी विषय पर है मेरी आज ही कविता जिसका शीर्षक है मां का सपना <čTS> जहाँ भी जाती तो हूँ तेरा ख्याल साथ रहता है जहाँ भी जाती हूँ तेरा ख्याल साथ साथ साथ साथ साथ रहता रहता रहता है, का साथ रहता है, है, बिताए बिताए लम्हों लम्हों का का ख्वाब ख्वाब उलझनों में जब जब घिरी मेरी जिंदगी उलझनों में जब जब घिरी मेरी जिंदगी हर कदम लगा माँ तेरा साया साथ रहता है हर कदम लगा मां तेरा साया साथ रहता है हर दम ही माँ तेरा प्यार साथ रहता है हर दम ही मां तेरा प्यार साथ रहता है चल रही हूँ इस रास्ते पर दिखाया था जो कभी चल रही हूँ उस रास्ते पर दिखाया था जो कभी तुमने हर दम ही माँ तेरा प्यार साथ रहता है जब भी लाड़ प्यार करती हूँ बच्चों से जब भी लाड़ प्यार लड़ाती हूँ बच्चों से करती हूं याद तेरा दुलार साथ रहता है करती हूं याद तेरा दुलार साथ रहता है दी थी जो सीख जिंदा दिली से जीने की तूने दी थी जो सीख जिंदा दिली से जीने की तूने तेरी उस सोच का परिणाम साथ रहता है तेरी उस सोच का परिणाम साथ रहता है जब भी लिखती हूँ भावनाएं पन्नों पर जब भी लिखती हूँ भावनाएं पन्नों पर तेरे साथ जिया हर लम्हा याद रहता है तेरे साथ जिया हर लम्हा याद रहता है देखा था जो सपना कभी तुमने मेरे लिए देखा था जो सपना कभी तुमने मेरे लिए लिखती हूं जब भी तेरा सपना साथ रहता है लिखती हूं जब भी तेरा सपना साथ रहता है माना नहीं हो अब इस दुनिया में तुम माना नहीं हो इस दुनिया में अब तुम तेरी याद तेरा सपना नीलम के साथ रहता है तेरी याद बोह। तेरा सपना नीलम के साथ रहता है आपका बहुत बोध बोध बहुत आभार बहुत बहुत बहुत अच्छा मैडम धन्यवाद मैडम धन्यवाद आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने आपने हमारे मन से को सुशोभित किया आपका बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद अब मैं अगला जो प्रतिभागी है साधना भगत जी को अब मैं बुलाना चाह रहा हूं बहुत बहुत देर से प्रतीक्षा कर रही है बहुत अच्छी रचनाकार है हमारे साहित्य सुधा पेज पर हर दिन लिखती है प्राय लिखती रहती है और ऑनलाइन जितने भी जो साहित्यिक संस्था है उस पर भी लिखती है तो मैं स्वागत करता हूं साधना भगत जी जो खगड़िया बिहार से रहने वाली मेरे शहर की रहने वाली खगड़िया की हालांकि खगड़िया की धरती साहित्य के लिए बहुत उर्वर है मैं अपनी काव्य यात्रा और कवि सम्मेलन खगड़िया से शुरू किया था और वहाँ के कुछ जगहों पर अब मैंने कवि सम्मेलन किया लेकिन संजोक से मैं ज्यादा दिन खगड़िया में नहीं रह पाया तो फिर नागपुर और फिर मैं असम अभी असम में मैं यहाँ रह रहा हूँ तो खगड़िया से मेरा तालुका थोड़ा कम है गया तो मैं बुलाना चाहता हूँ साधना भगत जी को मैडम आपका स्वागत है आपकी आवाज, आपकी आवाज़ आवाज़ साहिब अच्छा मैं मैं मैं खोल लिया। आ, ओके आ, न, नमस्कार थीक है, थीक है, नमस्कार नमस्कार ठीक है जी जी साधना मैं साधना भगत खगड़िया बिहार से मैं अपने सा, सभी साहित्यिक गण को प्रणाम करती हूँ और विनय जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे मंच पर आमंत्रित किया और ये मेरा पहला काव्य पाठ है किसी भी मंच पर एक मिनट दे दे मेरी मेरी, दे दे मेरी रचना का शीर्षक है माँ के दर्द ला ला ना ना ना ना ना रोज रोज आंखों में थोड़ा दर्द छुपाया है रोज आंखों में थोड़ा दर्द छुपाया है माने नहीं रोने का बहाना बनाया है माने वा, वा, वा, व, नहीं व, रोने का वा, वा, बहाना बनाया है बेटे के सोने का पलना मंगाया बेटे के जनते माने सोने का पलना मंगाया बहू के आते कमरा अलग कराया है बहू के आते कमरा अलग कराया है माने लहू से घना हरा वृक्ष को सजाया माने लहू से घना हरा वृक्ष को सजाया बेटे ने हरे वृक्ष को ठूठ बनाया है बेटे है। ने हर हरे वृक्ष को ठूठ बनाया है सबके सपनों का बराबर हिसाब लगाया सबके सपनों का बराबर हिसाब लगाया अपने हर अरमान को उम्र भर दवाया है अपने हर अरमान को उम्र भर दवाया है नए कपड़े माने होली पर नहीं बनवाया नए कपड़े माने होली पर नहीं बनवाया नहीं बन, नहीं, बन, नहीं बनवाया बनवाया पुराने पुराने कपड़े से ही माने त्योहार मनाया ओ, है। पुराने ओ, कपड़े से से ही ही माने माने मनाया मनाया है है खुद की बेटियों से हर बात नहीं बताया खुद की बेटियों से माने हर बात नहीं बताया काम का बहाना बनाकर आंसू छुपाया है काम का बहाना बनाकर नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद माँ की अजमत माँ की अजमत से साधना मैडम आपका म्यूट कर रहा हूँ जब म्यूट म्यूट कर दिया म्यूट कर लीजिए आपका प्रॉब्लम हुआ <language> माँ की अजमत से अच्छा जाम क्या होगा माँ की, अच्छा मा की अजमत से अच्छा जाम क्या होगा माँ की खिदमत से अच्छा काम क्या होगा माँ की अजमत से अच्छा जाम क्या होगा माँ की खिदमत से अच्छा काम क्या होगा खुदा ने व्यक्ति हो जिसके कदमों में जन्नत सोचो उसके सर पर मुकाम क्या होगा तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं अब बुलाना चाह रहा हूं महेंद्र महेश मुनका जी आ, महेश मुनका मुदित जी को बुला रहा हूं जो डिब्रुगढ़ असम से हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं वो सेवा निवृत्त बीमा अधिकारी हैं और योग चिकित्सक भी हैं और दैनिक पूर्वोदय जो यहां का समाचार पत्र है आ, उसके जो पत्रकार भी हैं और अभी अभी हाल में इनको बहुत सारे सम्मान भी मिला है यशपाल साहित्य सम्मान भी इनको मिला है तो मैं बिना देर किए उन्हें मैं आ, बुला रहा हूँ आमंत्रित कर रहा हूँ मैं आज माननीय विनय जी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे आज इस मंच पर स्थान दिया यह सौभाग्य की बात है कि आज के दिन ही मेरी साहित्य यात्रा शुरू हुई थी गत, गत वर्ष मातृदिवस के अवसर पर मेरी साली साहिबा उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि आप माँ पर एक कविता लिख कर मुझे भेजे क्योंकि मेरा अनुभव नहीं था कविता लिखने का लेकिन उनकी प्रेरणा से मैंने प्रयास किया और एक अच्छी सी कविता बन गई लोगों ने सराहा आप लोगों ने सराहा और आज वह यात्रा पुरजोर चल चपड़ी है और इस एक वर्ष से की आयु में मैंने करीबन साढ़े तीन के आसपास की कविताएं लेख और लघु कथाएं लिखी माननीय को मैं प्रणाम करता हूं और वही रचना आज मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं जिसका शीर्षक है मेरी मेरी अपनी माँ माँ भी। <laughs> भी। तेरे भीतर ही धड़की मेरी धड़कन पहली तेरे भीतर ही धड़की मेरी धड़कन पहली तेरी मूरत ही दिखी जब आंखें मेरी खुली चलकर गिरना गिर कर उठना सिखलाया मां तूने ही खिलाया और लोरी गाकर सुलाया दर्द होता मुझे दर्द होता मुझे सिसकियां तेरी सुनी दर्द होता मुझे सिस्कियां तेरी सुनी ममता का सागर कहानी अनकही कहने को तो एक अक्षर है माँ कहने को तो एक अक्षर है मां छुपा लिया खुद में सारा जहां मां तो मां है जीवन तूने जो दिया माँ तो मां है जीवन तूने जो दिया जीवन का हर पहलू तूने सिखा दिया किसी ने पूछा जन्नत कहा इस धरा किसी ने पूछा जन्नत कहाँ इस धरा कहा ध्यान से देखो अपनी मां को जरा कहा ध्यान से देखो अपनी माँ को जरा इस जग में मां से सुंदर कोई नहीं मूर्ति इस जग में मां से सुंदर नहीं कोई मूरत रोते को हसाती सारे कष्टों को हर लेती बहुत सुंदर बहुत सुंदर सच परमात्मा की भी आत्मा है माँ सच परमात्मा की भी आत्मा है मां कहे मुदित वैसे तो बस एक अक्षर है मां हां बस एक अक्षर है माँ हाँ बस एक अक्षर है माँ इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ बहुत सुंदर धन्यवाद वाह बहुत, बहुत बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद सर धन्यवाद सर बहुत बहुत अभी बहुत बहुत आभार बहुत बहुत सुंदर आप लोगों ने सरहा जी सर बहुत बहुत अच्छा सर अभी हमारे हमारे बीच जुड़ गई है विवाह श्रीवास्तव मैडम जी जुड़ गई है वो हमारे स्टेज पर है थोड़ा लेट से जुड़ी है पटना से हैं तो मैं उन्हें भी बुलाऊंगा लेकिन जो और पहले से हमारे हैं आ, उनको भी मैं आ, अब मैं उनको बुलाना चाह रहा हूँ मैडम थोड़ा सा वेट कीजिएगा अब मैं बजरंगी कुमार यादव बजरंगी कुमार यादव हमारे नवोदित रचनाकार हैं मैं उन्हें बुला रहा हूँ आप आए न्यू बगेगा से आते हैं और वो कुछ कैसेट में भोजपुरी कैसेट में भी नजर आते हैं बहुत अच्छे गीतकार है गीत भी गाते हैं तो आपका स्वागत है मैं मैं उससे पहले चंद लाइन आपके लिए पेश कर देता हूं हर मंदिर हर मस्जिद और हर चौखट पर माथा टेका हर मंदिर हर मस्जिद और हर चौकट पर माथा टेका दुआ तो तब कबूल हुई जब माँ के पैरों में माथा टेका माँ के पैरों में माथा टेका बजरंगी जी आपका स्वागत है आप आइए जी सर्वप्रथम अपने माता पिता को स्मरण करते हुए आदरणीय गुरु विनय कुमार बुद्ध जी सह मंच संचालक साथ ही इस मंच से जुड़े तमाम महानुभाव एवं हमारी मातृशक्ति भी उपस्थित है उनको मैं बजरंगी कुमार यादव हृदया से नमन करता हूँ साथ ही फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से तमाम जो दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं हम लोगों से जुड़े हुए हैं उन सभी के इस पावन पर्व पर अः पर, मातृदिवस के पावन पर्व पर हार्दिक बधाई और अनेकों शुभकामना देता हूं हम लोग मेरा यह जो है पूर्ण रूप से कविता पाठ करने का श्रेय और इस कविता के कविता लिखने का श्रेय एक मात्र जाता है वो श्रीमान विनय कुमार बुद्ध जी है जो मेरे माननीय गुरु हैं मैं तो चाहता तो हेलो कविता तो... का चार आप लोगों को सादर निवेदन करता हूँ आशा करता हूँ हमारी आवाज़ अच्छा होगी और हमारी बात भी मिले और आप लोग का दाद चाहूंगा ताकि हम अपनी बात को जब रखते हैं तो ये हमको लगे कि हम ठीक ठाक आप लोग का आप लोग तक बात सुना सके इसलिए फेसबुक और यूट्यूब पर भी आप लोग अपना राय जरूर दीजिएगा ये इसका इंतजार रहेगा अपना सुझाव भी दीजिएगा कुछ बदलने के लिए जो जरूरत हो अचूक प्रयास हो किया जा रहा है उसमें कुछ परिवर्तन की जरूरत हो तो आशा करता हूं कि उसको हम लोग अगली बार ऐसे कोई मंच से हम लोग रहे हैं तो मैं अपनी कविता का ये चार पंक्तियां पहले निवेदन करता हूं आजीवन माथ पर हाथ रहे तुम्हारा हमारा हमारा आजीवन माथ पे हाथ रहे तुम्हारा हमारा हमारा तुम्हारा हामारा। बहुत थोड़ा सा हो रही है है ये मेरा डेब्यू इसलिए हो सकता है कि थोड़ा ठीक है ठीक है कोई तो बात नहीं चलो बहुत अच्छी आवाज जी आवाज मिल रही है हमारी तो ये हमारा डेबी हो थोड़ी असहजता है पाली बार हम किसी मंच से ये कर रहे हैं तो इसलिए पाला प्रयास है तो क्षमा पढ़ती हूँ थोड़ी असहजता के लिए आजीवन मत पे हाथ रहे तुम्हारा हमारा तुम्हारा हमारा माँ अगर न होती इस दुनिया में न होता जन्म हमारा माँ अगर न होती इस दुनिया में होता न जन्म हमारा आजीवन मात पे हाथ रहे तुम्हारा हमारा या जीवन मात पे हाथ रहे तुम्हारा हमारा या जीवन मात पे हाथ रहे तुम्हारा हमारा बोसंदर, बोसंदर, बोसंदर. जब से बनी है धरती माँ महिमा है भारी जब से बनी है धरती माँ महिमा है भारी तुमसे बड़ा न शक्ति मान रहा जग सारी सब दुख सहकर भी तुमने जीवन मेरा सुधारा आजीवन मत पे हाथ रहे तुम्हारा हमारा मारा आजीवन मत पे हाथ रहे तुम्हारा हमारा या जीवन मत पे हाथ रहे तुम्हारा हमारा ऐ एक शब्द ये अपने पूरी ब्रह्मांड को समेटे हुए और हम लोग उसका एक सूक्ष्म कण है और उससे भी हम लोग सूक्ष्म है इस शब्द का व्याख्या असंभव है असीमित है तो भिल्कुण, भिल्कुण, मैं अगली चार पंक्तियां आप लोगों का निवेदन करता हूं कि अगले भाव क्या है अपने अनपढ़ होकर तुमने हमें पढ़ाया अपने अनपढ़ होकर तुमने हमें पढ़ाई, फेंक के लाथी हाथ से स्कूल तूने दिखाई फेंक के लाठी हाथ से स्कूल तुने दिखाई माँ अगर ना होती इस दुनिया में न ना होता नाम हमारे जीवन मत पे हाथ रहे तुम्हारा हमारा आजीवन मत पे हाथ रहे तुम्हारा हमारा आजीवन मत पे हाथ रहे तुम्हारा हमारा अगली चार पंक्तियां देखिए मां उस उस कल्पना और उस शक्ति है कि इसका जो हृदय वो विदारक है इसके आगे भगवान भी सूक्ष्म है तो अगली पंक्ति चार लाइन जो है आप लोगों को नि, निवेदन करता हूं अपने <tos> भूखे सोकर तुमने हमें खिलाया अपने भूखे सोकर तुमने हमें खिलाया जाड़ा ना लग जाए या चल उड़ाई जाड़ा ना लग जाए या चल तूने अंबर से बड़ कम्बल मावा वह आ चल तुम्हारा अंबर से बड़ कम्बल वह मा चल तुम्हारा आजीवन माथ पे, पे हाथ रहे तुम्हारा हमारा आजीवन माथ पे हाथ रहे तुम्हारा हमारा आजीवन माथ पे हाथ रहे तुम्हारा हमारा बहुं सुने, बहुं सुने। आ, उसके बाद अगली पंक्ति है फटा ना पहन कर अपना समय कटाती बाबू माँ अपने जीवन को किसी रूप में कटाती है लेकिन इस बात का एहसास बच्चों को नहीं हो देने दे, हो पाता है ना वो देती है कि भाई इस बात का एहसास बच्चों को हो जाए तो इस पर चार पंक्ति है फटा पुराना पहन कर अपना समय कटाती फटा पुराना पहन कर अपना समय क... कटाती पापा जी से कह कर मेरा नया सट मंगवाती फटा पुराना पहन कर अपना समय कटाती पापा जी से कह कर मेरा नया सट मंगवाती चुका न सकता तेरा ऋण लेकर जन्म दोबारा चुका न सकता तेरा ऋण लेकर जन्म दोबारा मत पे हाथ रहे तुम्हारा आजीवन मत पे हाथ रहे तुम्हारा हमारा जी धन्यवाद बहुत सुंदर लो सुंदर लो सुंदर बहुत बहुत अच्छा बहुत अच्छा धन्यवाद धन्यवाद बजरेंगी धन्यवाद अब मैं जो अगला आ, हमारे सा, हमारे साथ बीवा श्रीवास्तव मैडम जी जुड़ी हुई है बीवा श्रीवास्तव मैडम जी पटना से है पटना बिहार से मैं उन्हें बुलाऊंगा बहुत सारे मंचों पर मंचों पर एक साथ जुड़ी है पदाधिकारी भी रह चुकी हैं और बहुत अच्छा लिखती हैं तो मैं चंद शेर पेश कर रहा हूँ इसके बाद में उनको उनको फिर फे, से बुलाऊंगा मैडम उम्र भर उम्र भर खाली यू ही मकान हमने रहने दिया उम्र भर यूं ही खाली मकान हमने रहने दिया तुम गए तो दूसरे को कभी यहां रहने ना दिया तुम गए तो दूसरे को यहां रहने नहीं दिया मैंने कल सब चाहतों की किताबें फाड़ दी मैंने सब चाहतों की किताबें फाड़ दी सिर्फ एक कागज पर लिखा माँ रहने दिया सिर्फ एक कागज पर लिखा माँ रहने दिया तो अब अब इसी के साथ में धन्यवाद जी मैं जी मैं इसी के साथ बुलाना मैडम आपका स्वागत स्वागत है है हमारे हमारे मंच पर स्वागत है, हमारे बहुत है, बहुत नवोदित रचनाकार भी हैं आपसे कुछ सीखना चाहती हैं तो कृपया आप आए और अपनी रचना सुनाएं काव्य पाठ करें मैडम हार्दिक धन्यवाद आदरणीय विनय जी मंच को सादर प्रणाम श्रोतागर का हार्दिक आभार और मैं देर से विलम्ब से जुड़ने का क्षमा मांगी तबियत बहुत ठीक नहीं रह रही है इस में कई बार स्टूडियो में भी फूल रहने की वजह से जुड़ना कठिन था दे, और दे, दे, दे, दे। कई बार आई गई स्टूडियो से और आपको पता है कि मैं एक रचना के साथ अपनी उपस्थित हूँ विलम्ब का क्षमा मांगते हुए दे, दे। और सभी का हाथिकार प्रकट करते हुए मातृशक्ति को नमन करते हुए रचना है माँ क्या होती है क्या होती है मां यह जानने को मिला अंशुया की कथा पढ़ त्रिदेव जिस वजह से भी शिशु बने हो मेरी माँ अंशुया सी थी माँ क्या होती है जानने को मिला गाय बहुला की कथा पढ़ जो लोग भी चतुर्थी की व्रत बहुला का व्रत जानते होंगे वो लोग कथा जानते होंगे तो गाय बहुला की कथा पढ़ भले मुंह में कृष्ण सिंह बने मेरी माँ बहुला थी माँ क्या होती है जानने को मिला कृष्ण को ओखल में बांधकर धार धार रोती गाल की ही जो बात होती कोख से ही जन्म देने की जो बात होती माता यशोदा और धाई पन्ना की बात कभी नहीं इतिहास में दर्ज होती मेरी माँ यशोदा सी थी माँ क्या होती है जानने को मिला गिरजा घर में ईसा की शांति में मां मरियम की सौम्य मूर्ति में मेरी माँ मरियम सी थी माँ क्या होती है माँ क्या होती है बिन मां बने जान पाना कहां आसान हो पाता? मैं मासी तो हूं तो जानती हूं माँ मुझ ही होती है मेरी बहू माया का प्रश्न बेहद कतूहलवश था आपके अब तक कितने बच्चे हो गए होंगे माँ मैंने ढेर सारा नाम सुना दिया प्रीति एकता बुजिया, बिटिया साइस्ता अभिलाषी सरी, राधा संदीप ये सारे समाज से मिले भाषी जगत से मिले मेरे बच्चे हैं जिन्हें मैं अपने कोख जाए से कम नहीं मानती हूँ तो उसने ढाका लगाते हुए हा, कहा हाँ हा बस माँ रहने दो बहु होने के पहले मैं जान गई थी मैं रानी बेटी हूं ना इसलिए एक के आगे सुनने बढ़ाते जाना है माँ का आँचल तो आकाश सा होना है बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमें समय देने के के लिए और हम के लिए और मेरी बातें सुनने प्रकट करते हैं धन्यवाद मैडम धन्यवाद बहुत बहुत अच्छा सुंदर सुंदर के लिए मैडम आपका स्वागत है और हम जब भी कभी आ, कभी जैसे मंच का मंच कार्यक्रम करेंगे मंचे कार्यक्रम करेंगे आपको बुलाएंगे जरूर आप की रचना से हमारा मंच धन्य हो गया बहुत बहुत धन्यवाद मैडम चंद चंद्रशेर के साथ फिर से आपको नए जो कवि हैं उनको मैं बुलाना चाहूंगा नए कवि हमारे बीच जो हैं अभी हमारे साथ हैं सोनू सुलफियाना भी हैं और प्रफुल गुप्ता हैं है। और श्रागत है। मनोज कुमार और मनोज कुमार मनु जी और मुझे लगता है और और सबका हो गया है पहले वाले सबका इन, इनका बचा हुआ है तो ठीक है मैं इनको, इनको बुलाऊंगा कहते हैं तक ये बदले हमने बेशुमार लेकिन तकिये बदले हमने लेकिन तकिये हमें सुलाते नहीं तकिये बदले हमने लेकिन तकिये हमें सुलाते नहीं बेखबर थे हम कि हमिये में माँ की गोद को तलाशते नहीं तकिये में माँ की गोद को तलाशते नहीं माँ मा तो तो मा के गोद से ज्यादा सुकून लोगों को कहीं नहीं मिल सकता माँ के सु के गोद से ज्यादा सुकून लोगों को कहीं नहीं मिल सकता है तो मैं सोनू सूफियाना को इसी शब्दों के साथ आवाज देना चाह रहा हूँ जो हमारे प्रिय शिष्य हैं, बहुत अच्छा लिखते भी हैं गाते भी हैं नवोदित हैं उन्हें सराहना की जरूरत है देखिए मैंने आज कुछ स्थापित कवियों के साथ इन जो नवोदित कवियों हैं उन्हें भी बुलाया है ताकि देखिए मनोज मुंसिर ने कहा कि नए नए लोगों को आना चाहिए मनोज मुंशिर कब तक लिखेगा कब तक जिंदा रहेगा ये साहित्य की धारा साहित्य की लहर साहित्य की फसल लहलाते रहनी चाहिए चलती रहनी चाहिए तो हम लोगों को जरूरत है कि नए नए लोग को सिखाएं हम और जो नए लोग हैं उनसे भी हमारा आग्रह है कि छपने छपाने के चक्कर में छपा के चक्कर में ना पड़े हर रोज कुछ ना कुछ सीखें, नए नए छंद सीखें नए नए जो विद्या है साहित्य को सीखें। तो मैं ज्यादा विलंब ना करके सोनू सुफियाना को बुला रहा हूँ आवाज दे रहा हूँ सोनू सुफियाना आपका स्वागत है डिब्रुगढ़ समसे। जी जी सबसे पहले मेरे गुरु श्री विनय कुमार बुद्ध जी सह संचालक को बारंबार प्रणाम करता हूँ हमारी रचनाकारों ने कवित्रियों ने, और मेरे दर्शक गण ने जो लाइव देख रहे हैं उनको आभार प्रकट कर रहा हूँ और प्रणाम आदाब सलाम कर रहा हूँ माँ शब्द इतनी अनमोल है कि हमारे उम्र के हिसाब से जितना हम सके हैं उतने शब्दों का छंद को एकत्रित किए हैं बहुत ही आज हमको बहुत ही खुशी मिली कि इस जन्म में इस दिवस पर कुछ कहने का मौका मिला जो प्रथम है तो एक शाम माँ के नाम के अंतर्गत रचित मेरी कविता जिसका शीर्षक है माँ तू मेरी जन्नत है की रहमत माँ तू मेरी जन्नत है तू दुनिया की रहमत है मां तू कलित सूरत है तू ममता की मूरत है माँ तू कलित सूरत है तू ममता की मूरत है माँ तू अपनी बच्चों की साया जुड़ा अभी तक माँ तू अपनी बच्चों की साया है <tweil eye> तू हर दम रखती दृष्टि दया है मां तू अपनी बच्चों की साया है तू हर दम रखती दृष्टि दया है मां तू धूप में भी करती छाया है तेरी हर जगह मिलती माया है माँ तू धूप में भी करती छाया है तेरी हर जगह मिलती माया है माँ तू सुरक्षा के तनुवार है तनुआर का मतलब कवच होता है माँ जी जी तनुद मां तू सुरक्षा की तनुवार है दुख की घड़ी में रूह की करार है मां तू सुरक्षा की तनुवार है दुख की घड़ी में रूह की करार है मां तू हम सबकी संसार है हर वक्त तू खुशियों की बौछार है हर वक्त तू खुशियों की बौछार है मां तू स्वादिष्ट भोजन की भंडार है मां तू स्वादिष्ट भोजन की भंडार है तेरी हाथों में जादू रूपी बरकतो का फुहार है माँ तू स्वादिष्ट भोजन की भंडार है तेरी हाथों में ज़ादू रूपी बरकतों की फुहार है माँ तू भगवान के लिए उपवास है माँ भले भूखे प्यासे रह जाती है लेकिन अपने संतान को कभी भी भूखा नहीं दे सकती है माँ तू भगवान के लिए उपवास है माँ <laughs> तू भगवान के लिए उपवास है पर बच्चों के लिए भोजन की एहसास है पर बच्चों के लिए भोजन की है माँ तू पूजा है और इबादत है माँ तू पूजा है और इबादत है तू हम नदानों की हिफाजत है मां तूने संसार को जना है मां तूने संसार को जना है तेरी हर मर्तबा आला है तेरी हर मर्तबा आला है मां तू स्वर्ग की द्वार है मां तू न जाने कितने पापियों का बेड़ा पार लगाया माने, ने मां तू स्वर्ग की द्वार है पापियों की करती बेड़ा पार है माँ तू जीवन की कष्ट है तेरी हर जगह हस्ती है तेरी हर जगह हस्ती है सुंदर सुंदर माँ तेरी आंचल में सुकून की छाव है माँ तेरी आंचल में सुकून की छाव है नींदों की लोरी में परियों की भाव है माँ तेरी आंचल में सुकून की छाव है नींदों की लोरी में परियों की भाव है माँ तू माँ तू मीठा कराती स्तन है माँ तू मीठा कराती स्तन है तेरी छीर से पहले बहादुर और महान है माँ तू कराती मीठा स्तन है तेरी छीर से पहले बहादुर और महान है <coughs> मेरी जन्नत है तू दुनिया की रहमत है माँ तू कलित सूरत है तू ममता की मूर्त है तू ममता की मूर्त अच्छा बहुत सुंदर सुंदर अच्छा बहुत अच्छा सोनू सोनू सुफियाना बहुत अच्छा इसी तरह आप लिखते रहिए और हम सब की दुआ आपके गीत वह है। कहते हैं जब जब कागज पर लिखा मैंने माँ का नाम जब जब कागज पर लिखा मैंने माँ का नाम कलम अदब से बोल उठी हो गए चारो धाम कलम अदब से बोल उठे हो गए चारू धाम तो मुझे लगता है जो भी रचनाकार जिनकी रचना कुछ रचनाकार ऐसे है जिनकी सौ रचना डेढ़ सौ रचना है मैंने उनसे पूछा हम एक कार्यक्रम करवा रहे हैं एक शाम माँ के नाम क्या आप उसमें शिरकत करेंगे? तो उन, उन, उनका उनका विषय, सवाल था कि टॉपिक क्या रहेगा बोली माँ मा पर लिखना है तो वो बोले माँ पर मेरे पास रचना नहीं है तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ वो हर चीज पर लिखते हैं सुबह पर सूर्य पर धरती पेड़ पौधे हर चीज पर लिखते हैं बेरोजगारी महंगाई राजनीति नेता हर पर उन पर है मां पर नहीं है मुझे बहुत आश्चर्य लगा तो आज भी मैं अपने इस कवि सम्मेलन के माध्यम से कर, कहना चाहूंगा कि आप जो पहली गुरु है हमारी पहली पाठशाला माँ होती है उन्होंने हमने हमें पहला बोलना सिखाया पहला जो शब्द है लिखना सिखाया आप जब भी रचना करें आप पहले उनसे शुरुआत करें माप का रचना तो होनी चाहिए तो तो मैं अगले जो हमारे प्रतिभागी कवि हैं मनोज कुमार मनु जी मैं उन्हें बुलाना चाहूंगा आप मनोज कुमार मनु जी आप रहिए तैयार मैं एक शेर से मैं उनका उनको आवाज दूंगा बुलाऊंगा राहें मुश्किल थी रोकने की कोशिश बहुत की राहें मुश्किल थी रोकने की कोशिश बहुत की लेकिन रोक ना पाए क्योंकि मैं घर से माँ के पैर छूकर निकला था मैं निकला था। तो तो मैं मैं घर से के पैर छूकर निकला था इनको बुला रहा हूँ मनोज कुमार मनु जी जो पश्चिम बंगाल तीनधरिया से आते हैं नेटवर्क वहाँ काफी खराब रहती है अच्छा है कि कभी उनका नेटवर्क आ रहा है तो मनोज कुमार मनु आप सुनाइए अपनी रचना स्वागत है स्वागत है मनोजी लगता है इनके नेटवर्क कभी भी प्रॉब्लम है क्योंकि फ्रीज हो रहा है आपकी वॉइस नहीं आ रही है हाँ मुझे लगता है इनके नेटवर्क में अभी भी प्रॉब्लम है तो इस बीच हमारे साथ जैसे प्रफुल्ल गुप्ता जी जुड़े हुए हैं प्रफुल्ल गुप्ता को मैं बुलाना चाहूंगा प्रफुल्ल गुप्ता तब तक आप आ जाइए तब तक उनका जो नेटवर्क ठीक हो जाए प्रफुल गुप्ता हमारे साथ है प्रफुल गुप्ता आप आ जाइए तब तक मनोज जी तैयार हो जाएंगे उनका नेटवर्क ठीक हो जाएगा मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं। गुरुदेव के सौजन्य से मेरी आवाज पहुंच रही है है? तो? जी जी जी ठीक थी बहुत हूँ सबसे पहले मैं मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं और इस मंच के संचालक परम आदरणीय बिनेश् जिनके सहयोग से हम जैसे अल्पभाषी कवि जो अभी तो स्टार्टिंग पीरियड में हम लोग इससे गुजर रहे हैं सीख रहे हैं सर के माध्यम से तो सर को चरणों में सबसे पहले तो प्रणाम करता हूं साथ साथ मंच को नमन करता हूं और जितने भी हमारे सहयोगी भाई कवि हमसे सीनियर कवि जो सभी जुड़े हुए हैं उनको दिल से प्रणाम करता हूं आज मातृ दिवस के अवसर पर मैं कुछ दो चार शब्द अपने माध्यम से लिखा हूँ आ पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं विश्व भरण पो सन कर जोई आकर नाम मात से हो तीर्थ किया मन बुझे नप्यासा पास मात चरण होत स्वर्ग अभासा पूजा व्रत निरजल जल उपवास आ पुण्य मात पित पासा ममता मूर्त सुभाष जगत जननी हर जग की पीरा। जगत जननी पथ जीवन अलो माँ मा के चरण में दुनिया के जितने सारे धर्म कर्म कर्मकांड हैं उनके सामने तो तुक्ष है जिसने माँ की सेवा किया माँ के चरणों की हमेशा सौगंध में उनके साथ हमेशा जुड़ कर रहा परमात्मा ने उसको किसी चीज कभी कमी नहीं छोड़ा अंत में माँ के बारे में एक चंद शब्द है मैं समर्पित करना चाहता हूँ जी स्वागत है स्वागत है माँ ममता इन लोक मा चरण समय धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद जी धन्यवाद बहुत अच्छा आप जो है मनोज कुमार मनु अगर तैयार है तो अपनी प्रतिक्रिया दें आपका नेटवर्क ठीक है मनोज हाँ आपसे बात हो सर आवाज जा रही है सर हाँ आपकी आवाज आ रही है मेरी आवाज जा रही अब तक हाँ आपकी आवाज आ रही है आप शुरू करेंगे हाँ सर हम शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको प्रणाम और समस्त जो भी मातृशक्ति एवं हमारे मित्रगण उपस्थित है उनको मनोज कुमार मनु की तरफ से संध्या प्रणाम जैसा कि सर आपने बताया कि मैंने आज तक माँ गुरु और पिता पर एक शब्द भी नहीं लिखा था और आपने कहा तो मैं कल इस रच, इस रचना की मैंने आ, रचना की है और, तो अगर आपकी अनुमति हो तो मैं सुना सकता हूँ सुनाइए आपका स्वागत रख जाती है चार रोटियां भूख दो की मुझे भले सही बा, रख बा, जाती हैं चार रोटियां भूख दो की मुझे भले सही अनपढ़ होती हैं माताएं उनको गिनती आती ही नहीं अनपढ़ होती हैं माताएं उनको गिनती आती ही नहीं डांट दिया था जब एक दिन तुमको कुछ आता ही नहीं डांट दिया था जब एक दिन तुमको कुछ आता ही नहीं बोली उम्र हो गया है बेटा बोली उम्र हो गया है बेटा अब कुछ भी याद रहता ही नहीं हमारा देश पुरुष प्रधान देश है तो सबसे ज्यादा ये महिला को ही सहना पड़ता है या वो बेटा हो बेटा की तरफ से हो बहू की तरफ से हो या पति की तरफ से हो तो उसमें कुछ लाइन और है आगे तुम्हें गर्मी बर्फ ठंडती उसको मौसम की परवाह नहीं तुम रात रात भर सोते हो वह कई रातों से सो ही नहीं तुम नहीं। रात रात भर सोते हो वह कई रातों से सोए ही नहीं जब पुरुष को कुछ होता है तो वो अपने आप को बताना चाहता है कि हमें बहुत ठेस लगे आपकी बातों से मैं बहुत दुखी हूं एक माँ क्या कहती है सो देखी तुम मान मर्यादा पुरुषत्व की बात करते हो तुम मान मर्यादा पुरुषत्व की बात करते हो उसने अपमान को अपमान समझा ही नहीं खाना नहीं। खाने बैठा गर्मी में आंचल से पंखा कर डाली खाना खाने बैठा गर्मी में आंचल से पंखा कर डाली हाथ धोया था थाली में हाथ धोया था थाली में आंचल से मुंह पोछ डाली माँ ऐसी होती है नए नए कपड़े तो हो तो आप पत्नी हो या कोई भी उसके कपड़ा को आप छो नहीं सकते हैं लेकिन माँ जो होती है अपनी जूठे हाथ से भी आप माँ की आंचल में पोस सकते हैं कुछ गांव की माँ, के, माँ के लिए मैंने चार पंक्तिया लिखा है थे, थे। वह वह नदी बरगद आम पीपल तुलसी पूजती वह नदी बरगद आम पीपल तुलसी पुजती फिर भी गवार हुई दो जोड़ी सारी में जिसने सारी हुँ. उम्र गुजार डाली दो जोरी सारी में जिसने सारी उम्र गुजार डाली पशु पालकर कॉलेज भेजी पशु पालकर कॉलेज भेजी फिर भी नहीं महान हुई सही सही, सही है सर ठीक ठीक, गयी डा हो गई उम्र हो गई डायन हो गई अपनों के लिए ही पायन हो गई दर्द सही पर कुछ न कहा दर्द सही पर कुछ न कहा दर्द भरे पराई थी जिसको आज जाहिल बुढ़िया कहते हो जिसको आज जाहिल बुढ़िया कहते हो उसी ने उम्र भर तेरा बोझ उठाई और है अभी तो नया ऐसा फैशन आ गया है कि माँ को वृद्धाश्रम में भेज दो जबरदस्ती यानी माँ को रखना इतना बोझ हो गया है तो उस पर मैंने कुछ लाइन लिखा है आश्रम में, आश्रम में कई मां मिली वृद्ध आश्रम में कई मां मिली कैसे कैसे संतान हुए खून पसीने से भूखे रहकर पाला न जाने कैसे कैसे अभागे संतान हुए मर्यादा की तू बात न कर तेरे जैसे ही शैतान हुए कहने का अर्थ है कि अगर पुत्र सही हो तो संसार के किसी भी मां को वृद्धाश्रम क्या कहीं भी जाने की नौबत अच्छी नहीं आएगी जी जी सही बात बिल्कुल अब इसकी आभास कब होगी बूढ़े शरीर तो कांप रहे हैं कैसे का हाँ? बूढ़े शरीर कांप रहे हैं तू कैसे किसी के मां बाप होगा जिस दिन घर से निकाले जाओगे उसी दिन दिन होने का एहसास बहुत सुंदर बहुत वाह वाह क्या है जो आप बहुत बहुत बहुत अच्छा बहुत अच्छा मनोज कुमार मनु बहुत अच्छा आपका आपकी रचना में वाँ बहुत जान जानती बहुत सुंदर आपने आपके भाव बहुत बहुत उत्तम थे आपने आप इसी तरह लिखते रहिए हम लोगों की जो है सो हम लोगों का जो आशीर्वाद है मंजू मंजू मैडम आपको आशीर्वाद दिया अपना स्नेह दिया प्यार दिया है आप इसी तरह इसी तरह बहुत अब कुछ सुनाना चाह रहा हूँ और इस कार्यक्रम को समाप्त करूंगा तो वहां पर मैंने भी कुछ लिखी है मैं सुना रहा हूँ शीर्षक है धन्यवाद स्वागत है स्वागत है धन्यवाद बड़े कष्ट सह कर अभाव में रह कर बड़े कष्ट सह कर अभाव में रह कर माने किया है पालन हमको जतन से माने किया है पालन तुमको जतन से माने किया है पालन सबको जतन से हा याद तुमको करके हाथ दिल पे रख के धन्यवाद धन्यवाद जी याद तुमको करके हाथ दिल पे रख के आज आंसू झल झल बहते नयन से आज आंसू झल झल बहते नयन से कैसे ईश्वर केला कैसे ईश्वर केला करेगा सबका भला कैसे ईश्वर केला करेगा सबका भला तभी माँ को तो बनाकर भेजा है गगन से माँ को तो बना कर, है गगन से है। मैं विपदा परू जब मैं विपदा परू जब दौरिया न तुम तब मैं विपदा परू जब दौरी आना तुम तब नहीं तुम करना अपने वचन से नहीं तुम करना अपने वचन से सही तुम करना अपने वचन से माँ को बहुत बहुत प्रणाम समस्त मातृशक्ति को प्रणाम धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद मैं एक रचना और सुना रहा हूँ और इसके बाद इस पटल को विराम दूंगा अपने अपने कार्यक्रम को समाप्त करूंगा फिर किसी और कार्यक्रम में लेंगे शीर्षक है माँ के चरणों में पहली वाली जो थी सो एक घनाक्षी थी घनाक्ष थी और मनहन घनाक्ष अब मैं एक दोहा के रूप में दोहे सुना रहा दो माँ के चरणों में बसे माँ के चरणों में बसे चारों तीरथ धाम याद करू मैं भी तुझे माता ठोआम याद करू मैं भी तुझे माता ठोया माधरती मां स्वर्ग है माधरती मां स्वर्ग है माँ ही है आकाश गम की बदली दूर करे देती मात प्रकाश गम की बदली दूर करे देती मात प्रकाश माममता की मूर्ति है माम ममता की मूर्ति है जिसकी कृपा महान माम ममता की मूर्ति है जिसकी कृपा महान बच्चों को देती सदा दुग्ध का दुग्ध का मृत पान बनकर देवी त्याग की बन कर दे तू रोज ईश्वर को जो खोजता इनके मुख में खोज इनके मुख में खोज हमने तो ईश्वर को देखा नहीं किसी ने ईश्वर को देखा नहीं लेकिन जो धरती पर ईश्वर है वो माँ है दोस्तों वो धरती पर जो ईश्वर है माँ है जरूर जी बिल्कुल जी धन्यवाद आए इस संसार में मां के पुण्य प्रताप माँ की तुम सेवा करो दूर संताप दूर होय संताप रख कर अपने कोख में कष्ट सहे दिन राख कर अपने कोख में कष्ट सहे दिन रात मैं तेरी संतान हूँ सदा गर्व की बात सदा गर्व की बात सबको मिलती है यहाँ सबको मिलती है यहा माँ से पहली सीख सबको मिलती है यहा माँ से पहली सीख दूजा कोई जग में नहीं तुम सा नहीं सरीक तुम सा नहीं सरीक बोझ कभी मातू नहीं बोझ कभी मातू नहीं तुम हो पुण्य प्रसाद बोझ कभी मातू नहीं तुम हो पुण्य प्रसाद ईश्वर से पहले तुझे मात करूं मत करू मैद मत करू मै नमस्कार धन्यवाद धन्य। आप सबों का धन्यवाद आपने जी जी धन्यवाद मैडम अब अब हमारा अब हमारा समय खत्म हो चुका है अब हम लोग इसको समाप्त करते इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं आप सबों ने इस मंच की शोभा बढ़ाई आप सबों के लिए को भी मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ हमारे जो दर्शक देख रहे हैं जो फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं कमेंट्स कर रहे हैं लाइक कर रहे हैं उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद फिर से मिलेंगे अगले किसी कार्यक्रम में तब तक नमस्कार।, नमस्कार नमस्कार नमस्कार नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर कार्यक्रम ऐसी जोड़ने के लिए और को बहुत बहुत बहुत अच्छा लगता है बहुत अच्छा लगा और इस तरह का कार्यक्रम जो है कि अपने आप में ऊर्जा बढ़ाता है ऊर्जा देता है और लगा कि ना और कुछ लिखा जाए और कुछ कहा जाए बहुत अच्छा बहुत जी जी सही बात ठीक है ठीक है तो फिर मिलते हैं किसी अगले कार्यक्रम में तब तक के लिए तब तक के लिए इस मंच को विराम देते हैं मातृ दिवस पर सभी मातृशक्ति को देश की जितनी माए है उनको प्रणाम नमस्कार अपने देश के लिए बहुत अपने जो अनमोल रत्न दिया वो देश के लिए काम करे इस आपदा के घड़ी में सबको हिम्मत मा दे माँ ऐसी ताकत दे सबको नमस्कार प्रणाम आवाज धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद ठीक है शुक्रिया धन्यवाद